अमावस की सर्द रात में में एक भेड़ का जन्म हुआ वो भेड़ कुछ अलग थी। थी उसकी आंखों में एक चमक थी। और साथ साथ एक इन्फेक्शन भी था। जब वो इन्फेक्शन के साथ सड़कों पर घूम रही थी तो कुछ मक्स की नजर उस पे पड़ी और उन्होंने हमें फोन किया जब वो यहाँ आई तो वो बहुत चुप चुप सी रहती थी और बहुत कमजोर भी थी जब उसका इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होने शुरू हुआ तो उसको समझ आने लगा कि वो एक सुरक्षित जगह पर है जहा उसे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है मीमी को आरती में एक माँ केयरटेकर, बेस्ट फ्रेंड सब मिल गए थे आरती हमारे ही गाँव से एक वॉल्टियर थी जिसने मीमी के साथ एक बहुत ही क्लोज बॉन्ड बना लिया था आरती की मौजूदगी में मीनी के अंदर की छुपी हुई भेड़ कूद खुद के बाहर आ जाती थी। वैसे तो मीमी फार्म पर एक भेड़ है लेकिन फार्म पर और भी कई एनिमल्स हैं जो परमानेंटली हमारे साथ रहते हैं और ऐसा कोई एनिमल नहीं था जिससे मीमी ने दोस्ती नहीं की थी हमारे पास एक पिग था जिसका नाम पाबलो था और मीमी हमेशा उसके आस ही मन थी तक कि उसकी दोस्ती गायों से भी थी एक गाय थी जिसका नाम था था। जिसके साथ मीमी का लव -हेट सा था। जो भी फार्म पर के आते थे मीमी झट से उनसे दोस्ती कर लेती थी मीमी के यानी की एक साल बाद हमने बेटी जी को रेस्क्यू किया था और उसी दिन से वो बहने बन गई थी वो बिल्कुल सीता और गीता जैसे हैं, अटेंशन और खाने के लिए पूरा दिन लड़ते रहते हैं हम बीबी को तो कभी रिलीज नहीं करेंगे क्योंकि उसे बाहर रिलीज करना उसे स्लॉटर हाउस भेजने के बराबर है तो वो हमारे ही परिवार का हिस्सा बन गई है मीमी को गर्मियों में कोई दिक्कत ना हो इसलिए टाइम टू टाइम हम उसका हेयर कट भी करते रहते हैं। यू तो भेड़ों को डरपोक माना जाता है लेकिन हालातों की वजह से जब मिमी का फ्रेंड सर्कल बदला तो उसका डर भी निकल गया और आज वो किसी से भी पंगा लेने के लिए रेडी रहती है अगर आप भी अपने आप में कोई अच्छा बदलाव लाना चाह रहे हैं लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल या आपके करीबी लोग उस बदलाव के आड़े आ रहे हैं तो शायद आपको भी अपना फ्रेंड सर्कल बदलने की ज़रूरत है और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इंतज़ार कीजिए क्या पता मीवी की तरह आपको भी कोई रेस्क्यू कर लें